हेलो गाइस एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक हेल्पलाइन में आज मैं आपको बताऊंगा आपके YouTube चैनल के लाइव सब्सक्राइब कैसे काउंट करते हैं Google Chrome से तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बैंक से रिलेटिव वीडियो मिल सके तो इस ये देखिए इस प्रकार से आपको Google Chrome ओपन करना है आप जैसे ही Google Chrome ओपन करोगे तो आपको YouTube Studio सर्च करके YouTube Studio ओपन करना है तो जैसे ही आप YouTube Studio ओपन करोगे तो वो आपको अकाउंट की डिटेल मांगेगा जैसे आप अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपको आपका YouTube Studio Google Chrome में ओपन हो जाएगा अगर आप किसी में कर रहे हो तो आपको इस प्रकार शो होगा अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो आपको अलग तरीके से शो होगा उसके लिए आपको ये दूसरी वीडियो बना के बताऊंगा इसी इसके बाद आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड चैनल एनालिस्ट पे क्लिक करना जैसे ही आप चैनल एनालिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इधर इस, इस प्रकार से अपने चैनल का ये ओपन हो उसके बाद आपको इधर राइट हैंड साइड लाइव अकाउंट दिखाई दे रहा दो सब्सक्राइब सी लाइव काउंट पे ये इधर शो करें उस पर क्लिक करें जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको अपने लाइव सब्सक्राइब काउंट होने जैसे आपके लाइव सब्सक्राइब होंगे आपके चैनल पे वो इस प्रकार शो हो जाएगा तो उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको पूरा अपना पिछले जितने भी दिन आपने कितने सब्सक्राइब गेन किया और कैसे कैसे आपके चैनल में प्रोस अगर, अगर ग्रो किया वो इसके अंदर शो कर देगा ये आपके लाइव सब्सक्राइब इंक्रीज करने के लिए लाइव सब्सक्राइब कैसे होते हैं इस प्रकार से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में देख सकते हैं फ़ोन में सेम ही तरीका फ़ोन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में शो करेगा अकाउंट उसमें डेस्कटॉप शो करके इसी इसी प्रकार से फ़ोन में हुआ और उसके बाद आपको ये आपका ये, ये सिंपल ही है ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक यू